जहाँ संत जहां वासु, जहाँ राम तहा अवध निवासु जहां संत हैं वहाँ तीर्थ जहाँ पर राम है वहाँ पर अयोध्या है। जी ने कहा मुद मंगल में संसमाजु जो समाज तीर्थ राजू एक तीर्थ ऐसा होता है जो अपनी जगह अचल रहता है और एक तीर्थ ऐसा है जंगम तीर्थ चलता है फिरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह एक देश से दूसरे देश, एक दूसरे देश एक देश, एक देश, एक, देश, एक से दूसरे दूसरे से से चला जाता है। प्रांतम तीर्थ इलाहाबाद अयोध्या और बिहार के विभिन्न स्थलों से संत महात्मा यहां पर उपस्थित हो गए हैं। सब सुलभ सब सब देशा सेवत साधन समन कलेशा। यह तीर्थ सबको सुलभ सब दिन और सब देशों में इलाहाबाद अयोध्या हरिद्वार त्याग जो तीर्थ माने गए हैं उस समय समय पर वहाँ पर मेला लगता है लोग स्नान करने जाते हैं परंतु इसके लिए कोई तिथि मिति नहीं है जब संत और भक्त पुरुषार्थ करते हैं तभी यह तीर्थ सबको उपलब्ध हो जाता है यहाँ के स्त्री और पुरुष बालक वृद्ध हिंदू और मुसलमान सारे लोगों को यह तीर्थ उपलब्ध हो गया उस तीर्थ में जिनके पास धन है स्वास्थ्य है लक्ष है ऐसे लोग उस तीर्थ से लाभ ले पाते हैं पर इस तीर्थ से सभी लोग लाभ ले सकते हैं तो यह जंगम तीर्थ आप लोगों के सामने उपस्थित है और इस तीर्थ में निवंजन करके अपना लाभ ले इलाहाबाद अयोध्या इत्यादि तीर्थ माने गए वहां नदियां पवित्र नदिया मानी जाती है उन नदी में लोग स्नान करके और अपना पाप छय मानते हैं लेकिन पाप पाप तो कुछ क्षय नहीं होता है बल्कि ये कहा गया है नदी नहाए सब कुछ पावे ताल नहाए आधा और कुआ नहाए कुछ ना पावे घर नहाए बाधा नदी में नहा तो क्या मिलेगा सब कुछ जितना मैला कुचला और गंदगी सब नदी में बह करके आती है आप जानते हैं सात किलोमीटर अयोध्या इलाहाबाद से दिल्ली होगा और इलाहाबाद इलाहाबाद में इलाहाबाद में, में गंगा और जमुना का जहाँ संगम है दोनों नदियों का वो पानी का हरापन है वो गंदगी उसमें सब है तो नदी नहाए तो सब कुछ पावे सब कुछ मिल जाएगा और तालाब में नहाओ तो सिवाने भर की गंदगी मिलेगी आपको और घर में नहाओगे कुआ का पानी है नल का पानी उसमें तो कोई गंदगी नहीं शुद्ध पानी और पानी भर करके लाओगे घर पे तो बाधा लगेगा लेकिन लोग सोचते हैं नदी में नहाने सारा पुणी मिल जाएगा जा। अरे बक्से के अंदर कपड़ा भर दो ऋण साबुन से खूब बक्से को धो तो कपड़ा साफ हो जाएगा क्या तीर्थ वही जो कि पाप से तारत और पाप वही मनमत बिकारा शोर सत संगल तीर्थ सत्य है दुर्गुण नासल लागे नबारा वर्त वही जो बुरे कर्म त्यागो और व्रत सब झूठ पसारा और पूजा वही जो कि चेतन पूजन भक्त वही गुरु प्रेम ने तीर्थ कौन है जो तार दे देतीगढ़ की भाषा है तीर्थ तीर्थ मतलब किनारे लगा दे पार कर दे जो पार कर दे वो तीर्थ वो कौन सा तीर्थ है यह सब संघी तीर्थ मज्जन फल देखिए तत्काल का कहो पिक बको मराला मज्जन का फल तत्काल मिलता है कौआ कोयल बन जाता है बकुला हंस बन जाता है यह तीर्थ का प्रभाव एक बार दो तीन साल पूर्व की बात होगी मैं छत्तीसगढ़ से आ रहा था श्री परीक्षा साहब बहुत आग्रह किया कि न की बार आना है अयोध्या गाड़ी वहीं छोड़ दिया छत्तीसगढ़ में बाई ट्रेन से आ रहा था एक मुसलमान बैंक का मैनेजर था बैठा था वो पान खूब खाता था उसका लड़का जो है बैठा था सामने जब सुबह फ्रेश होकर के बैठे तो दो पुड़िया गुटका की निकाला तीन तीन रुपये की पुड़िया थी दोनों फाख लिया हमने कहा क्या करते हो कहा कुछ नहीं कितना पढ़े हो कहा बीएससी नाम क्या है कहा इमरान हमने कहा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हो कहा मैं जाता हूँ मैंने कहा मस्जिद में भी गुटखा खाते हो क्या कहा वहाँ तो गुटका नहीं खाते मैंने कहा मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुझाका है पर काहू का दिल मत तोड़ो ये घर खास खुदा का है उसको मानते हो ना कहाँ मानता हूँ मंदिर में तो बुद्ध रहे हैं महाजिशन सफाई है दिल दरगाह के अंदर देखो झलकता नूर खुदाई है इस खुदा के नूर को मानते हो मैं हूं? कहा मैं मानता हूँ कहा आदमी ने मस्जिद को बनाया आदमी ने मंदिर को बनाया मंदिर और मस्जिद को बनाने वाला कौन है इंसान और जिसको किसने बनाया रब्बे आलम ने गढ़ी है प्रभु ने अपने हाथों से नौ महीने में बना के सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में न कोई पूजता उसको लगे मर्जल के पीने में भटकते द्वार का काशी फिरे मक्के मदीने में जिस प्रभु ने शरीर का निर्माण किया और सीने के अंदर विराजमान है वो हिंदू हो या मुसलमान हो तो ये मंदिर देहो देवालय प्रवोक्ता केवल सह शिव ये देह देवालय है शिव तो सव, तब तक शरीर सत्यम शिवम सुन्दरम भाषता है तो यह शिव का देवालय है अथवा ईश्वर हृदय से अर्जुन तीर्थ हे अर्जुन ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में स्थित कहा हृदय तो खुदा का नूर दिल के अंदर में है या भगवान को दिल के अंदर में है मंदिर में तो मूर्ति रखी हुई मस्जिद और साफ़ सुथरा है लेकिन जो असली भगवान कहा जाए खुदा कहा जाए तो दिल के अंदर में है और इसके दरवाजा को तुम गंदा कर दो क्या तुम्हारी नमाज जायज़ होगी पढ़ा लिखा लड़का था समझ गया कहा नहीं जायज़ होगी तो हमने कहा फिर कहा अब गुटखा मैं नहीं खाऊँगा हमने कहा कितना गुटखा खा जाते हो कहा करीब नब्बे रुपये का रोज गुटखा खत खा जाते हैं अरे छः रुपया एक साथ फांक लिया वो और दिन रात में कितना खाता रहा मोबाइल पर जोड़ करके बताया कि तीस हजार रुपया का साल हमारा में हमारा गुटखा में ख़त्म हो जाता है कहा फिर खाओगे कि नहीं कहा अब नहीं खाएंगे हम कहा कुल्ला कर करके आओ कुल्ला करके आओ के बैठा ना हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है आ जाए बुराई तो हर इंसान बुरा है शोहबत असर होता है राम ने भी कहा प्रथम भक्त संतन कर संगा पहली भक्त किसकी है संतों के संगत करना पहली भक्त बताई गई है क्योंकि संत महात्मा जो है परमात्मा है परमात्मा परम आत्मा है लोग कहते हैं कबीरपंथी ईश्वर नहीं मानते मूर्ति नहीं मानते तीर्थ नहीं मानते राम नहीं मानते सदगुरु कबीर साहब ने एक बार बीजक में राम सब प्रयोग किया है कबीरपंथी हृदय निवासी राम को मानते हैं मूर्ति को मानते हैं एक बार मेरा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा था आज से करीब पैंतालीस वर्ष पूर्व की बात होगी लोग कहें कभी पंथी नास्तिक होते हैं राम नहीं मानते मूर्ति नहीं मानते तीर्थ नहीं मानते हमने कहा भाई सबकी मान्यता भिन्न भिन्न है क्योंकि भगवान मनुष्य की फैक्ट्री में बनता है भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है ध्यान देकर सुनो तो कभी क्या करो भैया मनुष्य की फैक्ट्री में भगवान बनता है और भगवान की फैक्ट्री में आदमी नहीं बनता है यह सदगुरु कबीर विचार मंच है थोड़ा विचार करो और करो विचार तो सब दुख जाए परिहर झूठा के सगाई कबीर साहब ने कहा है विचार को तो सब दुख जाएगा और आदमी विचार में होता है आदमी का आकार है लेकिन विचार नहीं है आदमी की आकृति है लेकिन प्रकृति नहीं आदमी की शकल है लेकिन आदमी की अकल नहीं मानुष मानुष सब कहा मानुष भी कोई बिल्ला पाव है हमने कहा विचार करो सदगुरु कबीर देव ने कहा है काजी तुम कौन किते बखानी झंकत बकत राह निश्वासर मत एक को नहीं जाने शख्स अनुमान सुनत करत हो मैं न बदोगा भाई जो खुदाए तेरी सुनत करत हो आप ही कट क्यों ना ही? सुनत कराये तुर्ग जो होना औरत को क्या कहिए अर्थरी नार बखानी ताते हिंदू रही है साहब का कितना पैना तर्क किस प्रकार से तर्क दिया है कभी साहब ने कभी साहब ने कहा अरे मुसलमान भाई तुम कौन किताब की बात करते हो अल्लाह ताला ने सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण कर दिया आँख बना दिया कान नाक बना दिया तो क्या पेश की खाल काटने को भूल गया अगर भूल गया तो अब कह दो या खुदा अल्लाह तला परिगार जो बच्चे पैदा किया करे उसका सुनत करके भेज दे लेकिन आज तक विश्व में किसी मुसलमान के बच्चे की सुनत हुई है तो कबीर साहब ने कहा तुम पुरुष वर्ग को तो सुनत कर दिया उसको मुसलमान बना दिया और नारी वर्ग को तो तो हिंदू ही रह जाती है नारी की सुनत नहीं होती है तो तुम आधे मुसलमान पूरे मुसलमान नहीं तब हिंदुओं ने कहा वाह कबीर ने बड़ा अच्छा कहा पर कबीर साहब ने छोड़ा नहीं हिंदुओं को बर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु सभी वर्णों के ब्राह्मण गुरु कह जाते हैं जन्मना जाते शूद्रा संस्कारते जब जन्म देते तो तब सब शूद्र होते हैं अब यज्ञोपवीत जब धारण करते तब द्विज कहलाते हैं दोबारा जन्म होता है तो ब्राह्मणी को जनेऊ नहीं पहनाया जाता ब्राह्मण को जनेऊ पहनाया जाता है तो कहा ब्राह्मणी शूद्रण रह गई यानी तुम्हारी पत्नी शुद्रण रह गई तुम ब्राह्मण बन गए और यहाँ पर जहाँ दीक्षा दिया जा जाता जा जा जा जा जा है स्त्री पुरुष दोनों को माला दिया था दोनों द्विज होते हैं द्वज नाम दोबारा जन्म होता है तो कबीर साहब का प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुम तो योग्य धारण करके ब्राह्मण बन गए लेकिन नारी को क्या पहनाया वो सुदिन रह गई और भोजन बनाकर देती सुदिन बना है सुदृन का बनाया भोजन करते हो तो पूरे ब्राह्मण कहाँ हुए कबीर साहब और कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया जो तू त्रुक्त रुकनी को जाया पेटे काया है इसका कोई उत्तर किसी के पास अगर तुम ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा हुए तो दूसरे द्वार से क्यों नहीं पैदा हुए अगर मुसलमान मुसलमान से पैदा हो तो सुरत क्या कर क्यों नहीं आए इस प्रश्नवाचक चिन्ह का किसी के पास उत्तर नहीं है इससे साफ जाहिर होता है तथा कथित कोई खुदा या गार्ड भगवान मनुष्य को बना करके नहीं भेजता है बल्कि मनुष्य भगवान को बना लेता है मुसलमान भाई कहते हैं अल्लाह के खुदा के राह में गाय भेड़ा रूट की कुर्बानी करो तो खुश हो जाएगा लेकिन ईश्वर को नापाक का ईसाई लोग क्या कहते हैं हमारा परमात्मा गाय दोनों पसंद करता है गाय की चरबी को हवन को तो सूंघकर खुश हो जाएगा उसका परमात्मा गाय पसंद करता है और हिंदू कहता है मेरा भगवान हलवा मालपू घी दूध से खुश होता तो हिंदू लोग सातविकी वस्तुओं से भोग लगाते हैं और ये भी आप जरा विचार करो सबका मालिक एक है तो सब क्या भोजन भी एक समान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अब हम पंद्रह प्रांत में जाते हैं लेकिन कहीं चाय तक नहीं पीते अब हम कहीं चाय पिए कहीं नहीं पिए तो ऐसा तो है नहीं अगर कहीं भगवान है कहीं गाय भड़ा हुई पसंद करता है कहीं गाय स्वर पसंद करता है कहीं गाय हलवा मालपुआ पसंद करता है तो आदमी जैसा होता है उसी प्रकार से भगवान बना लेता है आदमी जैसा होता है वैसे देवी और देवता का निर्माण कर लेता है अगर आप शाकाहारी हैं तो आपकी दुर्गाकाली लक्ष्मी शाकाहारी होगी अगर मांसाहारी होंगे तो आपकी दुर्गा काली बकरा भैंसा भी खाएगी तो ये देवी दुर्गा कहीं भैंसा बकरा नहीं मानते हैं आदमी ही गुल गड़बड़ करता है आदमी के दिमाग को ठीक करने की आवश्यकता है और यहाँ जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है चंदा या सहयोग लेकर के लोग कर रहे हैं दूर संत महात्मा बुलाए हैं कि संत महात्मा आ करके आपका अपने विचार दें और आपके विवेक की आंख खुल जाए क्योंकि बिन सत्संग विवेक में एक बात थोड़ा और ध्यान दें सत्संग को लोग जो है मतसंग में बांध दिया है कहते हैं किनका सत्संग हो रहा है कबीर मत का सत्संग हो रहा है थोड़ी ये बात कर जरा गौर से सुनना कुछ लोग कहते हैं संत मत का सत्संग हो रहा है इस्लामी मत का सत्संग हो रहा है ईसाई मत का सत्संग हो रहा है आप ये बताओ बाजार में जाओ कहो कि हम कबीरपंथी चावल लेंगे तो मिलेगा कबीरपंथी चावल फल मिलेगा सब्जी मिलेगी कबीरपंथी कोई कहे हम संत मत के हैं तो हम संत मत का सेव लेंगे या इस्लामी मत का हम सेव लेंगे तो मिलेगा कहीं पर लेकिन सत्संग मत का हो जाता है कह कबीर पंथी सत्संग है ये तोना पैदा हो जाती है, ये ये है, सत्संग है। तो हमारा सत्संग नहीं कभी ज्ञान का लाभ ले सकते हो दो दो पांच होता है कि दो दो चार होता है जहाँ निर्णय होता है उसको कहते हैं सत्संग ये कोई मतसंग नहीं सत्संग है और सत्संग के द्वारा विवेक की आंख खुलती है घटमे है सूझे नहीं नालत ऐसे जिंद तुलसी यह संसार को भयो मोतिया बिंद पूरे संसार को मोतिया बिंद हो गया है और मोतिया बिंद का ऑपरेशन जो योग डॉक्टर के द्वारा होता है तो आँख बन जाती है अगर आयोग डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन हुआ तो वो भी यहाँ चौपट हो जाती है वही दशा होती है हम लोगों की गुरु के शरण में जाते हैं और जिस प्रकार के गुरु मिल गए साम्प्रदायिक गुरु मिल गए बस वहाँ पर विवेक की आँख को फोड़ दिया कुछ गुरु लोग ऐसा कहते हैं जो कहते हैं मांस खाओ मछली खाओ शराब पिओ कुछ भी खाओ लेकिन तुम गुरु शरण में आ गए तो समुक्त तो हो जाओगे कुछ भी खाइए पीजिए अरे बैल बकरी घोड़ा गधा कभी मछली मांस अंडा नहीं खाते हैं और कभी गुरुमुख नहीं हुए हैं और मनुष्य होकर के अगर गलत आहार विहार करते हो तो क्या आप मनुष्य हैं मनुष्य का आकार है पर मनुष्य का विचार नहीं अब आइए विचार कीजिए तो ये भगवान या देवी देवता को बनाने वाला इंसान है भगवान के घर को बनाने वाला इंसान है गिरजाघर मस्जिद और जो है मंदिर गुरुद्वारा कौन बनाता है आदमी बनाता है और आदमी बना करके उसके लिए लड़ाई करता है आज तक दुनिया में जितने जानवर हैं बैल बकरी घोड़ा गधा कौआ गिद्ध या कोई जंगली जानवर कोई भगवान का निर्माण किया है कि देवी देवता का निर्माण किया आदमी बुद्धिशील प्राणी है तो ये अपने अनुसार देवी देवता का निर्माण करके उसके सामने बकरा भैयाकार करके मांस दिखाता है सजनों आदमी को सुधार करना है एक दिन तूफान कम हो जाएगा खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा स्वर्ग चुमेगा धरा के बढ़ आदमी जब आदमी बन जाएगा क्या हम आदमी हैं, आदमी का आकार है लेकिन विचार नहीं आदमी की शकल है पर आदमी की अकल नहीं है आदमी की जो है बुद्धि नहीं हमारे पास ये आदमी की बुद्धि हो इस बुद्धि का सदबुद्धि का निर्माण हो इसलिए सत्संग में आना होता है और ये सत्संग का आयोजन किया जाता है तो कहने का मतलब ये है कि ये देवी देवता का निर्माण करने वाला आदमी है भगवान को बनाने वाला आदमी है अगर आदमी ठीक हो जाता है तो समझो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी पर आदमी को ठीक होना आदमी जो है पहले यह हम लोगों को विचार करना है सत्संग में आकर के मैं कौन हूं हु एम आई नो नॉलेज विदाउट कॉलेज बिना कॉलेज के नॉलेज नहीं होता है और इस कॉलेज में एडमिशन कराओ लेकिन ध्यान रखना गुरु ठीक हो जो मार्गदर्शन ठीक से करा सके मैं कौन हूँ इसका ज्ञान होना चाहिए आदमी बदलाता है मैं अपना नाम भी बदलाता है घर बतलाता है सही बतलाता है लेकिन ये नहीं हो सकता मैं कौन हूँ और मेरा क्या है मेरा नाम है मैं नाम नहीं मैं एक बार रायबरेली जिले में था एक प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल साहब थे उनसे पूछा आप कौन है क्या महाराज में मनुष्य हूँ हमने कहा किसी ड्राइवर से पूछो आप कौन है ड्राइवर कह रहे मैं गाड़ी हूं तो उत्तर सही होगा कहा उत्तर गलत होगा फिर उनको जब समझाया कि हमारा ये हमारे लिए ए बी सी डी के समान है हमने कहा आज सही कहते हो कोई बी एम एल एल के छात्र से कह दिया जाए अल बे पे ते टे से कैसे लिखा जाता है तो उर्दू नहीं लिख सकता क्योंकि उर्दू पढ़ा ही नहीं उर्दू का छात्र होगा सब लिख देगा इसी प्रकार से ये आपके लिए ए बी सी डी के समान है मैं कौन हूँ और मेरा क्या है हर व्यक्ति को मेरा का ज्ञान है और मेरा का ज्ञान हर माँ बाप ने कराया है जब बच्चा जन्म देता है लड़का है कि लड़की है चिन्ह को देख अगर लड़की है तो उसका ना कान छेद दिया जाता है क्या आप लोगों का पुरुषों का भी ना कान छेदा गया लड़की को आभूषण पहनना है और कहीं कहीं नारियां जो चार चार फूटा नाक में लगाती चार फुटा दाए बाए नीचे घंटी लटकती रहती और नाक के ऊपर भी छदा लेती अब छोटी सी नाक उसमें कितना सोना पहनना चाहती कान में हाथ पे पैर में सब पहना जाता है तो नारी है तो उसको जो है वो सिखाया गया प्रैक्टिकली रूप में उत, सब सिखाया गया लड़का है तो उसको उसका समझाया जाता है लेकिन किसी माँ बाप ने ये बताया कि बेटा या बेटी तुम शरीर नहीं हो तुम आत्मा हो शरीर में बोलने वाले तुम सत्य हो ये किसी ने नहीं बताया लेकिन यह ज्ञान होना चाहिए मैं शरीर नहीं हूँ मैं मैं शरीर मेरा है शरीर निर्मित है पंच भौतिक मिट्टी पानी आग हवा आकाश का बना हुआ शरीर है जो चीज बनता है वो बिगड़ता भी है ये जो है प्रकृति शरीर को गला रही है बच्चा गर्भ में आता है फिर पिंड बनता है फिर जन्म लेता है थोड़ा बड़ा होता है पढ़ता है लिखता है शादी करता है बाल बच्चे होते जवान होता है फिर बूढ़ा हो जाता है अंत में मर जाता है प्रकृति शरीर को गला रही है लेकिन मन मजबूत होता है मन मजबूत बन रहा है तो मन को साधना के द्वारा गलाने की आवश्यकता है यह सत्संग का आयोजन जो किया गया है कि मन की हम साधना कैसे कर करें विभिन्न समय समय से संतों के द्वारा आप सुनेंगे तो कहने मतलब यह शरीर परिवर्तनशील है शरीर में एक परिवर्तन हो रहा है और चेतन अपरिवर्तनीय है अगर कहा जाए कि आप कौन है तो लोग नाम बताते तो नाम तो मेरा है मैं नाम नहीं मेरा मैं सर्वथा अलग अलग होता है जैसे मेरा चश्मा मेरा हाथ मेरी आंख, मेरा मेरा मेरा कान, पैर पूरा बॉडी है मैं नहीं घर के जितनी वस्तुएं हैं कुर्सी है टेबल है, है बि, बि, बि, बिस्तर है या जो सामान है सब मेरा है मैं नहीं तो मैं हूं कौन इस पर ध्यान है किसी से कह दिया जाए एक लाख रुपया ले लो एक आंख बेच दो कोई आँख बेचने के लिए तैयार है क्या आँख नहीं बेचेगा पांच लाख रुपया में किडनी दे दो तो कोई किडनी नहीं दे सकता है वैज्ञानिकों ने शरीर का मूल्यांकन किया है दो अरब बीस करोड़ रुपए का शरीर बिक सकता है दो अरब बीस करोड़ रुपए का ये शरीर बिक सकता है इसका मूल्य कब तक है जब तक मैं तत्व विद्वान है किसको जिसको जीव कहते या आत्मा कहते है अगर चाहे शरीर में आंख न रह जाए तो जीवन रहेगा हाथ कट जाए पैर कट जाए तो जीवन रहेगा धन हो स्त्री हो इसी के लिए पति न हो बेटा न हो मकान न हो जमीन हो तो भी जीवन रहेगा पढ़ा लिखा विद्वान हो धन धान से परिपूर्ण हो सर्वागीण सुंदर शरीर हो लेकिन मात्र जीव न रहे तो रहेगा जीवन क्या नहीं रह सकता अब उस तत्व को हम नहीं समझ पाते हैं। आँख में कोई गड़बड़ी आ जाए तो हम हजारों लाखों रुपये खर्च करते हैं शरीर में कोई बीमारी आ जाए उसी के लिए हम तमाम पैसा खर्च कर लेते हैं लेकिन अपने आप को हमने कभी समझा है अपने आप का कभी सुधार किया है ये सुधार को यही सत्य तत्व तो है इसी के संग का नाम सत्संग होता है जहाँ इसकी चर्चा होती है वहाँ सत्संग कहलाता है तो मैं कौन हूँ मैं वही बोलने वाला आत्मा हूँ वो सर्वोपर तत्व है तो जीवन की परिभाषा क्या है दो तत्वों का संगम जीवन कहलाता है। शरीर और आत्मा शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है विनाशी शरीर के लिए हम सब कुछ करते हैं जैसे ड्राइवर और गाड़ी गाड़ी की खुराक अलग है और ड्राइवर की खुराक अलग है अगर तेल साटेज हो जाए तो उसमें बिस्कुट या जलपान डाल के नहीं चलाया जा सकता और कहीं जल ड्राइवर को जलपान नहीं मिल पावे भोजन नहीं मिल पावे तो तेल पी करके रह सकता है इसलिए इस समय में 102 एक सौ दो रुपया के लगभग लीटर तीजल चलता है। अब वो तेल पी कर नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों की खुराकें भिन्न भिन्न तद्बत इस शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक दोनों की खुराकें अलग अलग है शरीर की खुराक का तो ज्ञान है भोजन वर्वाह की चीजों का ज्ञान सबको है प्रत्येक नरनारी को है लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं अपनी आप की खुराक क्या है शरीर की खुराक और आत्मा की खुराक भजन है भोजन और भजन दोनों की जरूरत है अब भजन क्या है कवि साहब के शब्दों में मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन मन बाणी और कर्म तीनों की निर्मलता ये भजन है बुराइयों को त्याग करना भजन है और जब अपने स्वरूप का बोध हो जाता है अपने आप का बोध हो जाता है तो आत्मचिंतन स्वरूप चिंतन, चिंतन कर ये जो है भजन है अब इसके लिए जो है भोजन और भजन दोनों की आवश्यकता है आप भोजन के ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूल में जाते हैं अपने बच्ची बच्चा का नाम लिखाते हैं और वहाँ भौतिक विद्या पढ़वाते हैं लेकिन भजन के ज्ञान के लिए कभी गुरु के पास बच्चे बच्चियों को भेजा नहीं भेजा गया है लड़की करे लड़की दूसरे घर जाएगी उसको दीक्षा नहीं दिलवाना है लड़का है अभी बच्चा है जब कुसंग में पढ़ करके नशा सेवन करने लगता है गलत गलत काम करने लगता है तब कहते हो कि हमारा बेटा बात नहीं मानता क्योंकि संग का प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है मांसाहारी संगत में अगर गाय भैंस बकरी तो मांस नहीं खा सकती कुत्ता बिल्ली किसी आश्रम पर होगा तो शाकाहारी नहीं बन सकता है उनका प्राकृतिक जीवन होता है पर आदमी गलत संगत में पढ़ करके गलत चीज सेवन करने लग जाता है और अच्छी संगत में पढ़ करके उसका जीवन सुधर जाता है सजनों संग का प्रभाव जीवन में पड़ता है इसलिए कवि साहब ने कहा संगत कीजय साधु की साधु की संगत करो लेकिन कौन साधु बेसधारी साधु नहीं एक साधु था करतारी दास बजा करता बजा के नाचता था राम राम राम कहता था भजन नहीं कहता था और वो गांजा पीता था और भांग खाता था और नौ योग साधु था और एक आश्रम पर उसको रख दिया उसके संपर्क में आकर कई लोग गांजा और भांग खाना सीखे, हम उस गांव में जब पहुँचे कहे यहाँ साहब बहुत गंजड़ी और भंगड़ी हो गए हैं कहा कैसे हो गए कहा यहाँ पर एक साधु आश्रम पर रहता है उसी के संपर्क में बहुत लोग गंजड़ी भंगड़ी बन गए हम कहा ऐसे साधु को उस आश्रम पर रखना बहुत बड़ा अपराध है हमारे संपर्क में आकर हजारों की संख्या में लोगों ने मछली मांस अंडा बीड़ी तंबाकू जता पांच छोड़ने का संकल्प लिया कितने चोर लोग चोरी करना छोड़ दिया कितने डाक लोग डाका डालना छोड़ दिया जो सुधरा होता उसके संपर्क में आकर के लोग सुधरते हैं तो जब सुधरा होगा साधु तो समाज का सुधार करेगा और बिगड़ा होगा तो बिगड़ी घड़ी बन करके समाज को धोखा देता है इसलिए सृजनों साधु की भी परख कर कभी साहब ने कहा हंस बक देखा एक रंग चरे हरे-हरे ताल हंस सिरते जानिए बकुलरेंगे काल हंस और बकुला एक हरे भरे तालाब में चल रहे हैं लेकिन पहचान कैसे होगी दोनों का रंग तो एक प्रकार के है लेकिन हंस जो होता है दूध पानी को अलग अलग कर देता है और बकुला मछली पकड़ता है और इसके बाद और भी कह दिया कि चरण चोच लोजन गए चले मरयाली चाल तब तो कैसे पखोगे चोच को रंग ले जैसे बकुला की चोच काली होती है और पैर काला होता है हंस के चोच लाल होती है और पैर का लाल होता है अगर बकुला का सफेद रंग तो है ही और चोच को भी रंग ले और पैर चप, को रंग ले अब हंस के शरीका वो चाल ले तो कैसे परखोगे तो नीर शीर निर्णय समय बहुत ही काल जब जड़ चेतन का निर्णय की बात आएगी तब पता चलेगा ये बकुला है कि हंस है सत्य और सत्य का निर्णय ये विवेक कहलाता है हंस ये जीव को हंस कहा गया है क्योंकि ये सत्य सत्य को अलग अलग करने वाला है इसलिए जीव को हंस कहा गया तो हंस जो संत है वह सत्या सत्य का निर्णय कर सकते हैं प्रकृत तो और पुरुष का निर्णय होना चाहिए और जब तक जड़ चेतन का सम्यक बोध नहीं होगा तब तक भैया साधना और भजन ध्यान अभ्यास कुछ भी नहीं हो सकता इसलिए कबीर साहब का महत्व तो है सदगुरु कवि साहेब पारक आदि कहे गए हैं पारक का आविष्कार सदगुरु कबीर देव ने का किया है कुछ विद्वान लोगों ने कोई चीज का आविष्कार किया है बिजली का रेडियो का मोबाइल इत्यादि का उसका श्रेय उनको मिला है तो ऐसे सदगुरु कबीर को अध्यात्म वैज्ञानिक हैं, उनको श्रेय पारक दर्शन का उन्होंने अविष्कार किया है जैसा जड़ और चेतन का निर्णय करके वो अलग अलग ही रखा है इसलिए पारक सिद्धांत की बहुत विशेषता है तो कबीर साहब ने कहा परख लो खरा खोट हो खो, रमैया राम हे रमैया राम खरा क्या परख लो सत्य क्या हो असत्य क्या इसको परख लो झूठ साँझ का ज्ञान होना चाहिए इसको कहते विवेक ज्ञान और वही भीतर की आंख है और भीतर की आंख नहीं होने के कारण से मंदिर में जाके हम लोग प्रार्थना करते तुम्हें च पिता तुम्हें सखा तुम्हें अब ये नहीं समझते हो मिट्टी है या पत्थर है या पेड़ पौधा उसके सामने तुम कहते हो माता हो पिता हो ये माताओं ने जो जन्म दिया है इनको मात, इनके सामने हाथ नहीं जोड़ पाते पिताजी ने जन्म दिया उनके सामने हाथ नहीं जोड़ पाते और कहते हो तुम माता हो तुम पिता हो सजनों इस पर चर्चाएं समय से होंगी तो माता और पिता पूजनीय है इनकी पूजा करो इनकी सेवा करो ये विवेक की आँख जब खुल जाएगी तो ये सत्य है सत्य है झूठ है ये साँस है ये आपको ज्ञान होगा और ये सत्संग रखा गया है सजनों ये दो दिन का कार्यक्रम है सुबह का कार्यक्रम तो शायद नहीं हो पाया भीड़ जो है महात्मा भी दूर से आया और यहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाई इस समय सब चल रहा है और अभी आप लोग महापुरुषों के विचारों से लाभ लेंगे और कल भी लाभ लेंगे लेकिन ध्यान रखना जियो ने कमाना खाना हमेशा लगा हुआ है ये अवसर बार बार नहीं मिलता है जो ये अवसर मिला है इसका हम लोगों को सदुपयोग करना है तो अब ज्यादा मैं नहीं कहूंगा और भी संत लोग कहने आ रहे हैं मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ बोलो सदगुरु देव की जय